आप सबको पता होगा एक मई को हुए RCB बनाम LSG के मैच में RCB ने LSG को 18 रन से हरा दिया लेकिन हार जीत से जायदाद तो ये मैच विराट कोहली या गीतम गंभीर के बीच हुई लड़ाई की वजह से चर्चा में है लखनऊ सुपर जॉय के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली पहले नवीन उल्हक और फिर बाद में लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर ऐसी भिड़ गए थे दोनों के झगड़े का वीडियो खूब वायरल हुआ विराट की कहा सुनी अफगानिस्तान बोला नवीन हक से भी हुई जिससे विराट के फैंस ने कोहली के साथ ऐसा व्यवहार के लिए नवीन को जमकर ट्रोल किया नवीन हक को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी गालियां पड़ी है जितने आज तक पूरा अफगानिस्तान को नहीं पढ़ी होगी नवीन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट आरोप कॉमेंट ऑफ कर लिया इसके वजह ऐसी किंग कोहली के फैंस पोस्ट के कॉमेंट में गालियाँ दी विराट इंडियन क्रिकेट का स्टार है ये सभी को पता है अब देखते हैं आगे क्या होता है